वा को दिए हो भुलाई को दिए हो भुलाई तो मधुबनी में जाय के मोहन केव को दिए हो भुलाई तो मधुबनी में जाय के मोहन मधुबन में के मोहन, तुम मधुबन में जाई के मोहन को दिए <दिये> हो, हो तो भुलाई तुम मधुबन में जाई के मोहन क्यों दिए हो हमको भुलाई मधुबन में जाई के मोहन गए मोहन गोकुल छोड़ के सूझी न लेत कभी मधुबन बने आया के जब से गये शाम गोकुल छोड़ के सूझ न लेत कभी मधुबन बने आये के लिए उबजा हो से प्रीते लगाई। ये से प्रीते लगाई लगाई तो मधुबन में जा के मोहन केवर हम तो दिए हो बुलाई मधुबन में जा के मोहन के गए श्याम आने को जल्दी दी मधुबन से आने में देर क्यों कर दी कह के गए श्याम आने को जल्दी दी गो खुल आने में देर क्यों कर दी तुम तो समझे न तो समझे ना पीर पराई मधुबन में जाइ के मोहन के हम हमको दिए हो बुलाई मधुबन में जाइ के मोहन क्यों दिए हो हमको भुलाई मधुबन में जाइ के मोहन जाना ही था तो प्रीत क्यों लगाए प्रत जो लगाए तो क्यों ना निभाए जाना ही था तो प्रीत क्यों लगाए प्रीत जो लगाए तो क्यों ना निभाए तुम यशोके को दिए बिसेरा तुम यशोके को दिए बिशराई मधुबनी में जाए के दिए हो बुलाई मधुबन में जाई के मोहन मधुबन में जाई के मोहन मधुबन में जाई के मोहन क्यों दिए हो हमें तो बुलाई मधुबन में जाए के मोहन क्यों जिये हो हमको बुलाई बुलाइए मधुबन में जा के मोहन मधुबन में जाए के मोहन मधुबन में जाए के मोहन मधुबन में जाए के